हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू क्राफ्ट चैनल आज की वीडियो के अंदर हम अनबॉक्स करने वाले हैं दिस किट इस किट का नाम है एमके टू टू सेवेंटी आर

फुल साइज वायरलेस कम इसके अंदर आपको सारी चीजें मिलती हैं सो so, ये तो अनबॉक्स मैंने पहले ही कर ली थी तो इस अब मैं आपको दोबारा अनबॉक्स करके पाऊंगा मैंने पहले कर लिया दिस इज द माउस जो कि ये काफी अच्छा सा माउस है अब जिस लोगों का हार है मेरा हार थोड़ा सा छोटा है

तो ये मेरे पूरा कम्फर्टेबल है बट अगर किसी का हाथ जैसे एकदम जो एकदम फुल साइज हाथ है तो उसके लिए ये कम्फर्टेबल नहीं है क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा ये ये थर्ड फिंगर वाला और ये बीच मिडल ऐसे ये कम्फर्टेबल ही रहता है और ऐसा तो

बट फिर भी ये थोड़ा सही है और सही है मतलब ये कोई ज़्यादा हाई है, हैंड का भी नहीं और ज़्यादा लो हैंड का ही नहीं है मिड रे का है इसका ये जो स्क्रोल बार भी अच्छा है हर चीज़ अच्छी है ऑलमोस्ट उसकी और ये है वायरलेस इसमें सेल लगते हैं इसके सिक्स में सिक्स मंथ्स में आपको एक बार सेल चेंज करने होता है ना ऑन ऑफ करें तो आप उसे ऑफ़ कर दीजिएगा और वैसे सब चलता है इसमें

अब ये चल रहा है देखिये आपका मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें साइज में आया हो होगा फिर ये है हमारे पास एक कीबोर्ड फुल साइज कीबोर्ड है बड़ा मैकेनिकल कीबोर्ड है काफी अच्छा मैकेनिकल कीबोर्ड है इसमें आपको सब कीज वगैरह मिलती हैं अच्छे से काम करती है सारी कीज ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें भी ये लॉजिटा की यहाँ पर आपको एक छोटी सी ब्रांडिंग मिल जाती है

इस साइड पे अरे मतलब ये आई थिंक सो एट हंड्रेड ग्राम से वन के जी तो रेट नाम इसके अलावा बॉक्स में आपको कुछ नहीं आता है और बॉक्स के अंदर आपको जो ये यह, यहाँ पर एक छोटा सा ये की मैंने अटैच कर रखी है तो अभी अगर मैं हटा दूँगा तो मैं आपको हटा के दिखा देता हूँ ये जो कॉम्बो है ये इसके लिए सिर्फ एक ही काम आता है यानी कि ये एक ही है

सो मतलब भी अगर आपको अलग अलग यूज़ करने की सोचोगे तो वो नहीं हो सकता है कॉम्बो है दोनों का हाँ एक को अलग यूज़ कर सकते हो दोनों को अलग यूज करने का नहीं होता है इसमें मैं लगा देता हूँ इसको एक छोटा सा लाइ मैं ज़्यादा जगह नहीं करता अगर आपको किसी ऐसी जगह पे पर स्पेस कम है तो आप वहाँ से थोड़ी सी स्पेस लगा सकते हैं और मैं इसे यूज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ तो ये देखिए ये है फुल साइज़ कीबोर्ड और इसमें मैंने ज़्यादा स्पेस भी नहीं रखी है

फिर भी ये सही है यानी कि ऐसा कोई वो नहीं है और माउस को मैंने थोड़ा साइड कर रखा है इस माउस के साथ मेरे हिसाब से कोई माउस पैड की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके साथ कोई माउस पैड की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको क्योंकि माउस माउस पैड इतना स्मूद है स्मूथ चलाने में स्मूद है इतनी फर्क नहीं पड़ेगी मैंने इसकी सब टेस्ट करे

गेम गेम्स पर टेस्ट कराया मैंने उसको तो फिर अपने कंप्यूटर पे नॉर्मल यूज़ पर कराया चेंज हुआ गया क्योंकि जो मेरा लैपटॉप है जिसमें लैपटॉप से पहले यूज़ करता था लैपटॉप से ही वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उससे जिससे मैं करता था उसका माउस अच्छा था बट इतना अच्छा नहीं था उसका ये स्क्रोलिंग फीचर वगैरह इतना अच्छे नहीं थे बट ये जब से मैं दो दिन से यूज कर रहा हूँ ये फिर अच्छा है उसके हिसाब से इसका कीबोर्ड फुल साइज है माउस

थोड़ी ज़्यादा चीज़ें क्योंकि माउस में भी नहीं आती है और पैकेट के अंदर आपको और कुछ देखने को नहीं मिलता है पैकेट के अंदर फिर कुछ आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल ये सब मिलते हैं और वैसे इसके जितने भी सेल्स हैं वो इसके साथ एक बार भी ले आते हैं और इस, इसके साथ इसके साथ लगे हुए आते हैं इसके साथ भी इसके पीछे का व्यू ऐसा कुछ यहाँ से इस साइड से सेल डल जाते हैं इसके और इसके अंदर भी है इसके अंदर इस साइड से इसे खुल के सेल डल जाते हैं

तो यही था माउस एंड पम्पो इस ये मुझे मेरे लिए कंफर्टेबल है मैं इसको चला सकता हूँ तो क्योंकि मेरे जो हैंड वो इसी के ऊपर कंफर्टेबल बैठते हैं एंड गाइस ये यही था आज का मेरा अनबॉक्सिंग गाइस ये काफ़ी अच्छा है इसकी जो जितनी भी बाइंग लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है आप जाके ख़रीद सकते हैं एंड गाइज ज़्यादा महँगा नहीं है इलेवन से फोर्टीन के बीच में इसकी प्राइस चलती रहती है सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर रैन का